एक बार एक महिला गांधी जी के पास आई और उनसे पूछा कि क्या वे उसके बेटे को कहेंगे अपने बच्चे के साथ वापस आई तो गांधी जी ने उसके बेटे से कहा बेटा कृपया शक्कर खाना छोड़ दो अब वो महिला हैरान इतनी सी बात गांधी जी सात दिन पहले भी तो कह सकते थे महिला से रहा नहीं गया तो उसने जाते-जाते गांधी जाते गांधी जी जी से से से पूछा कि यही शब्द उन्होंने एक एक हफ्ते हफ्ते पहले पहले उनके बेटे से क्यों नहीं कहे? तो गांधी जी ने बड़े विनम्रता जवाब दिया क्योंकि मैंने शक्कर खाना बंद नहीं किया था गाइस यहां से सीख क्या मिलती है? यदि आपको दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा यही महात्मा गांधी जी के शब्द थे गाइज आपको ये सुनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते अगली वीडियो में